गाइज एक सब्सक्राइबर अपने फेवरेट यूट्यूबर से क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई आज हम इन्हें सपोर्ट दिखाएंगे कल कलिए अगर बड़े यूट्यूबर बन गए तुम्हारे साथ एक दो मैच खेल लेंगे हमारे साथ दो चार बातें कर लेंगे लेकिन जब एक्चुअल में वो बड़ा यूट्यूबर बन जाता है ना तो एक नवाब बन जाता है मतलब उसकी एक रिक्वयरमेंट निकल के आती है की भाई अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो भाई तुम्हारी आईडी अस्सी लेवल से ऊपर होनी चाहिए और तुम ग्रैंड मास्टर से नीचे नहीं होने चाहिए और तुम्हारा हेड रेट नाइन से ऊपर होना चाहिए और न जाने ऐसी हजारों चीजें उसमें खुद इनमें से एक भी चीज ना हो लेकिन उसे चाहिए सारे के सारे बंदे हाई फाई उनका सीधा कहने का मतलब होता भाई हमें नीचे नॉर्मल प्लेयर हमें जो भी चाहिए वो चाहिए हाई फाई भाई मेरा उन सभी YouTube